खजुराहो और छतरपुर के बीच एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया दरअसल धनपुरा गांव में लगे क्रेशर प्लांट में जोरदार ब्लास्टिंग हुई जिससे धनपुरा के पास रेलवे ट्रैक उखड़ गया जिसके कारण इस पटरी से गुजरने वाली ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया क्षतिग्रस्त पटरी को ठीक किया जा रहा है वहीं रेल विभाग इस ब्लास्टिंग से रेलवे को नुकसान होने पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करेगी पटरी क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई ट्रेने अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई गनीमत ये रही की ब्लास्टिंग के दौरान ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी वर्ण एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इस दौरान झांसी रेलवे मंडल के डीआरएम खजुराहो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए थे और उन्हें जैसे ही इसके बारे में सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंच गए क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम शुरू हो गया है रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरे जिससे बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है झांसी रेल मंडल के पी का कहना है कि जल्दी ही क्षतिग्रस्त ट्रैक को ठीक किया जा रहा है और रेल विभाग इस ब्लास्टिंग से रेलवे को नुकसान होने पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करेगी वहीं इस ब्लास्टिंग से लखन पटेल के मकान पर 500 किलो के पत्थर गिरे जिससे उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है गली से का और सब किचन सामान क्या क्या नुकसान हुआ आपका जिने जिने ये मशीन किसकी है कुछ पता ही